कटनी में हर घर तिरंगा अभियान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक वाहन रैली निकाली इस रैली में कलेक्टर एसपी सहित तमाम लोग शामिल हुए पूरा देश पिछहतरवा आजादी अमृत महोत्सव मना रहा है इसी तारतम में जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने एक वाहन रैली का आयोजन किया जिसमे शहर के गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए रैली में कलेक्टर प्रियंका मिश्रण व कटनी एस सुनील कुमार जैन भी सम्मिलित हुए इस दौरान पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने लोगों को इस अभियान के लिए जागरूक किया सड़कों पर जगह जगह भारत माता की जय घोष सुनाई दी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज पुलिस प्रशासन द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र में थाना कुटला क्षेत्र में थाना माधवनगर क्षेत्र में मोटरसाइकिल रैली का किया गया जिसमे दो सौ अधिकारी सहित और 200 शासन प्रशासन नगर निगम के भी थे ये कोतवाली से शुरू हुई थी कोतवाली से शुरू होते हुए ये आज मिशन चौक आज़ाद चौक होते हुए कुटला थाना के अंतर्गत गई थी बस स्टैंड से आगे और फिर वहाँ से टर्न लेकर फिर ब्रिज के ऊपर से चढ़ते हुए बरगवा होते हुए जो कि थाना रंगनाथ नगर आता है होते हुए फिर माधवनगर के अंदर शहर में गई थी माधवनगर से फिर कलेक्ट्रेट पहुँची कलेक्ट्रेट से फिर वापिस कोतवाली आई और कोतवाली में इस का समापन किया मेन उद्देश्य यह है कि लोगों के प्रति स्वतंत्रता दिवस आपकी बार पचहत्तरवा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है उसमें लोगों को देश प्रेम के प्रति जागरूक करना है और सद्भावना शांति बनाए रखना है यही मेन उद्देश्य है जनता का रुझान मुझे बहुत अच्छा दिखा सभी लोगों ने हम लोगों का अभिवादन किया और हम लोगों को भी बहुत उन्होंने मोटिवेट किया पूरी जनता ने सड़क पर खड़े होकर उसके लिए हमें जनता को भी धन्यवाद देता हूँ